वीडियो कॉल कैसे करते हैं अपने लैपटॉप में या कोई भी लैपटॉप हो या कोई भी कंप्यूटर हो ठीक है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अभी आप समझ पाएंगे कैसे काम करता है तो अपना गूगल क्रोम खोल लेना है और आपको गूगल पे आ जाना है मिनट और इस पर सर्च करना है गूगल पे व्हाट्सएप वट्सएप डॉट कॉम आपको सर्च करना है ठीक है जैसे आपका नहीं भी आ रहा है इधर ऐसे तो आपको ऐसे सर्च कर लेना है ठीक है और इसको एंटर कर देना है देखो के नीचे आना है तो आप डाउनलोड डाउनलोड का तो मेटर इसे का आइकन आइकन दिखा कोई डाल देता रहा है, ऐसे इधर भी दिखा रहा रहे हैं क्लिक करना है तो आपको एंड्रॉयड एंड्रॉय में चाहिए एंड्रॉइड में आईफोन में चाहिए आईफोन में ऐसे कर सकते हो या तो एरा माइक्रोसॉफ्ट वाला हमको यही करना है ठीक है करना है। तो ऐसा आपका आएगा अगर नहीं तो वहीं पे डाउनलोड करने को बता देगा नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट में, में देखो भी क्योंकि मेरा इंस्टॉल है इसलिए डाउनलोड होने की नहीं बता रहा है ओपन बता रहा है ठीक है ओपन इंस्टॉल होके आपको वापस आ जाना है ठीक है तो आप ऐसे बाहर निकाल लेना है इसे और इसे ओपन करना है तो देखो मेरा तो लिंक हुआ है तो आपको सबसे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ स्कैन करने क्यू आर स्कैन करने बताएगा तो आप एंड्रॉयड कोई भी वो हो, हो उससे अपने व्हाट्सएप को स्कैन कर लेना है और आपका लिंक हो जाएगा अगर जैसे नहीं भी हो रहा है नई आडी बनानी है आपको यहीं पे सब कुछ हो जाता है तो मेरा तो पहले से ही है इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है पे आ जाना है और आपको सर्च करना है गूगल डीओ गूगल से ऐसे आ जाएगा ठीक है और इसको सर्च कर लेना है जैसे मेरा तो ये तो सर्च कर लेना है पे क्लिक करना है नहीं तो टाइम लगेगा नेट मेरा स्लो है <laughs> पहले फिल करना है स्टार्ट बात क्लिक करना और अपने अपनी अपनी आईडी बना लेनी है इस पे और यहीं से सब कुछ हो जाएगा